रख हौसला वो मंजर भी आएगा खुशियों का चलकर समंदर भी आएगा रख हौसला वो मंजर भी आएगा खुशियों का चलकर समंदर भी आएगा थक करना बैठ अ मंजिल के मुसाफिर तू चलता जा मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा नमस्कार साथियों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी आपको पता है कि शाम को सात बजे हाई स्कूल की मैथमेटिक्स की क्लास होती है सबको मालूम है लाइट नहीं इसलिए मैं थोड़ा काला दिख रहा हूँ बाकी मैं इतना काला हूँ नहीं जितना दिख रहा हूँ ठीक है तो इन्वर्टर से कुछ ही लाइटें चल रही हैं, सारी लाइट नहीं चल रही यहाँ पे हाँ तो आगे क्या बात हो रही थी उसको सुनिएगा जरा अगर बच्चे कुछ कमेंट कर रहे हैं मैं उनको भी देख लू अनुभव जी बिल्कुल आपका कमेंट आ रहा है प्रतीक कुमार आपका कमेंट आ रहा है सालिनी शर्मा रुचि जी सबका कमेंट आ रहा है बच्चों ये सूचना ये है कि आप लोग अब तक जितना पढ़ाया गया है सभी चैप्टर नहीं देखे हैं, है ना? निकांश बच्चों का सारा चैप्टर खत्म नहीं हुआ है तो अगर हम पढ़ा पढ़ा के सब जल्दी जल्दी खत्म भी कर दें और आप पूरा नहीं पढ़ेंगे नहीं देख पाएंगे तो फायदा क्या होगा मैं यही इम्पोर्टेंट डिस्कशन आपसे करने के लिए आया हूं आज आज चूंकि पढ़ाई नहीं होगी आज मैं आपसे यही बात पूछ रहा हूं आप खुद ही बताओ क्या होगा कुछ नहीं होगा ना तो मैं आपको एक बात बता रहा हूँ ध्यान से सुनिए वो बात ये है मेरे भाई बाबू की मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे रहा हूं कच्छा दस का ठीक है उस पर क्लिक करके आप जाओ अभी तुरंत फट से और जितना पढ़ाया गया अभी तक चैप्टर नंबर तेरह तक जो अभी हाल ही में पढ़ाया गया है आप वहां तक फटाफट पढ़ के आओ पहले हम आपको आज टाइम दे रहे हैं पढ़ने के लिए जो पीछे के चैप्टर छूटे हैं क्योंकि जितना हम पढ़ाएंगे अगर उतना आप खत्म नहीं करोगे पूरा नहीं पढ़ोगे तो को मतलब है नहीं पढ़ाने का तो मैं यही देखता हूं कि अधिकांश बच्चों का छूट जाता है वो लोग नहीं पढ़ पाते हैं तो मैं प्लेलिस्ट का लिंक इस सेशन के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा कमेंट में भी ऊपर पिन कर दी गई है आप उसे जाके देखो फटाफट मैं बार बार वही बात बोल रहा हूँ संजीव कुमार बाबू देखो एक चीज मैं आपको समझा दू मिस्टर संजीव जी अगर पढ़ना है तो सिर्फ पढ़ने के उद्देश्य से आओ अगर तो मेरा नाम लीजिए तो मुझे ना ऊपर से नीचे तक समझ रहे हो गड़बड़ हो जाता है मैं सोचता हूं क्या मिलता है नाम लेने से क्या पाते हो बताओ पढ़ाई लिखाई करके कुछ करने का उद्देश्य है कि नहीं अगर कुछ करना है कुछ अच्छा काम करोगे खुद ही नाम होगा और अगर तुम रोड पे चल के घूमोगे मेरा नाम लो भैया मेरा नाम लो तुमको लोग लती नाम वो नहीं लेंगे समझ रहे हो अगर अच्छा काम करोगे तो सब कहेंगे भाई फलाने देखो कितना अच्छे आदमी है देखो रोड पे लाइट खराब थी लगवा दिए देखो सड़क टूटी हुई थी बनवा दिए भाई फलाने बनवा दिए समझ रहे हो लेकिन उसके बनोगे तब ना जब तो तुम पोस्टर टांग के घूमोगे मेरा नाम लो सभी मेरा नाम लो तो नाम नहीं लेगा कोई तुम्हारा काम करना पड़ता है नाम के लिए समझ गए ना मेरी बात को बुरा नहीं मानिएगा शैलेश कुमार हाँ सबका कमेंट आ रहा है तो मैं एक बार पूरी बात फिर से दोहरा दे रहा हूँ सुन लीजिए जितने भी साथी हैं हमारे ध्यान से सुन लें चैप्टर थर्टीन तक जो पढ़ाया गया अब तक थर्टीन पॉइंट टू थ्री तक उनके जितने भी क्वेश्चन पढ़ाए गए हैं जितना भी चैप्टर खत्म हुआ है सारा मैं प्ले कमेंट में दे रहा हूँ आप उस पर टच करके तुरंत जाओ और फटाफट एक तरफ से देखो सुमित कुमार बाबू अभी कक्षा ग्यारह का नहीं चलता है चलेगा तो हम आपको जल्दी ही सूचित करेंगे अभी अध्यापक नहीं है और टाइम भी नहीं है शेड्यूल बिजी है अभी नहीं चलता है पांच मिनट के लिए आपको होल्ड किया गया पांच मिनट कमेंट नहीं करेंगे क्योंकि आपने अपना लिमिट पार कर लिया था अभी समझ रहे हो ना तो फटाफट बच्चों जो प्लेलिस्ट का लिंक दिया जा रहा है क्लिक करके जाओ और क्लास देखो एक चीज और सुन पढ़ो कहीं भी पढ़ो कमेंट के चक्कर में ना पढ़ो मेरा नाम नहीं ले रहे ये तो लाइव नहीं ये तो वीडियो है मेरे भाई लाइव है या वीडियो है कोई फर्क नहीं पड़ता अगर कोई पढ़ा रहा है तो अगर कोई सारी बातें आपको कॉन्सेप्ट स्टेप बाय स्टेप सिखा रहा है तो लाइव भैया वीडियो है क्या फर्क पड़ता है कोई नहीं ना सिर्फ पढ़ना है ना अगर तुमको ये करना है मेरा मेरा नाम नाम ले लो आप मेरा नाम नहीं बोल रहे हो और पंकज जी कैसे हो मेला बाबू ने थाना थाया कि नहीं तो ये सब करना है कमेंट में तो फिर बात अलग है तो नाम लेना जरूरी है और दूसरी सूचना जो स्क्रीन पर आपके दिख रही है वो आप देख पा रहे हो ना कि 25 तारीख से आपकी कक्षा नौ और 10 की क्लासें सारी जो हैं, वो पी वी स्टडी चैनल नंबर तीन पर चलेंगी आप इन्हें जा करके नहीं सब्सक्राइब किए तो कर लीजिए ठीक है जा करके कर लीजिए जिससे कि आप 25 तारीख से डेली उस चैनल पे पढ़ पाए क्योंकि पच्चीस से पी स्टडी इलाहाबाद पर नाइन टेंथ की क्लास नहीं चलेगी इस पर बंद हो जाएगी इस पे आपको बेसिक मैथ डीएलएड मैथ और भी चीजें मिलेंगी लेकिन नाइन टेंथ वालों का उसी पे मिलेगा स्पेशली इस, इस चैनल से जुड़े रहना है छोड़ना नहीं है क्योंकि इस पर हम कुछ स्पेशल क्लासे देंगे नाइन टेंथ का ऐसा नहीं कि एकदम बंद हो जाएगा लेकिन रेगुलर क्लास उसी पे ट्रांसफर हो जाएगी अमित कुमार जी बहुत अच्छे ठीक है नहीं लेंगे नाम ओके अमन सिंह शैलेश शर्मा किसी का और कोई सवाल है क्लास से संबंधित हम वर्षा विश्व कितना बजे सर हाँ, जी बिल्कुल आपका सवाल सही है जो टाइम इस चैनल पर चल रहा है वही टाइम उस चैनल पर भी चलेगा सही रहेगा ना जो समय पीवीआर स्टडी इलाहाबाद चैनल पर है वही टाइम पीवीआर स्टडी थ्री पॉइंट जीरो चैनल पर भी रहेगा कक्षा दस का शाम सात बजे कक्षा नौ का शाम छह बजे और हाँ कक्षा नौ का सुबह आठ बजे भी चलेगा सुबह आठ बजे और सुबह सात से आठ शाम को छ से सात दो टाइम दोनों रख दिया जाएगा सही रहेगा ना सुबह छह बजे सात बजे से भी रहेगा क्लास और आठ बजे से भी रहेगा मान लीजिए सात बजे 10 वालों का रख देते हैं आठ बजे 9 वालों का शाम को छह बजे से 9 वालों का सात बजे से दस वालों का सब्सक्राइब करके रखोगे सब मिलेगा कोई दिक्कत नहीं सूरज यादव हाँ पुष्पेंद्र हाँ सबका कमेंट आ रहा है कुछ बात बोलोगे तब हम बोलेंगे ना यार और तुम हेलो लिख रहे हो हाय लिख रहे हो तो मैं क्या करूं में हाय हाय करू मेरी आवाज तो आ रही ना सुनाई तो पढ़ रहा है ना बढ़िया तो आप लोग समझ गए होंगे मैं कमेंट में लिंक दे रहा हूं हाई स्कूल का प्लेलिस्ट का बाबू जा करके चैप्टर नंबर थर्टीन तक पढ़ डालो सब जितना पढ़ाया गया है वीडियो और लाइव वाला टेंशन छोड़ दो आज मैं एक बार बता दे रहा हूं कि लाइव के चक्कर में बिल्कुल ना पढ़ो ठीक है लाइव हो या वीडियो हो किसी के चैनल पर पढ़ो अगर आपको ईमानदारी से पढ़ना है तो कमेंट का चक्कर छोड़ दो लाइव है कि वीडियो है ये चक्कर छोड़ दो अगर आपको उसकी क्लास समझ में आ रही कोई भी टीचर पढ़ा रहा है उसको प्यार से पढ़ो नोट्स बनाओ आगे कुछ करना लाइफ में कमेंट में पढ़ के मेरा नाम ले लो मेरा नाम नहीं ले रहे हो तो ये पढ़ाई नहीं होती तुम पढ़ते नहीं हो फिर नाम के चक्कर में लगे रहते हो कमेंट में लड़ाई झगड़ा करते हो फिर पढ़ाई थोड़ी कर रहे हो इसलिए इन बातों को समझिए आप हम्म समझिए जरूर हाई स्कूल में है अभी उपेंद्र जी आप मेरी बात समझ रहे हैं ना शालिनी शर्मा हाँ सबका कमेंट मुझे दिख रहा है तो दो सूचना थी पहली ये कि आप लोग प्ले लिस्ट में जितनी क्लास है उन सबको देख लीजिए आज मैं आपको मौका दे रहा हूँ आज मैं आगे नहीं पढ़ा रहा हूँ बीच बीच में मैं सप्ताह में दो तीन दिन आपको ऐसे मौका देता हूँ कि आप जितना भी पीछे छूटा है उसे पूरा करते चलो उसके बाद दूसरी सूचना स्क्रीन पर आपको दिख रही साफ साफ उसे पढ़ लीजिए स्क्रीन ले लीजिये इतने आप समझदार हैं और किसी को कुछ कहना है तो बोलो नहीं कहना तो मैं चलता हूं फिर. Anyone, किसी को कुछ कहना है नहीं ना आप लोग ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं। बच्चों निवेदन है कि आप शेयर करो क्लास को ज्यादा से ज्यादा नाइन्थ और टेंथ की क्लास बिल्कुल फ्री होती है एकदम टोटल फ्री होती है तो मैं ये सेशन यहाँ पे एंड कर रहा हूँ किसी को कुछ कहना है तो बोलो नहीं तो मैं बंद करूँ नहीं कहना ना बंद करें चलो ठीक है फिर बहुत बहुत थैंक यू शांतिलाल पटेल शाम सात बजे बाबू कक्षा दस का शाम छः बजे कक्षा नौ का ये टाइम है असद अहमद जी बिल्कुल मैं आपका बात समझ पा रहा हूं आपको कंपटीशन की क्लास चाहिए बाबू तो पी स्टडी टू पॉइंट जीरो प्रतियोगी परीक्षा चैनल का नाम है पी वी आर स्टडी टू पॉइंट जीरो बहुत कम बच रहा है मैं समय निकालता हूं जल्दी ही आपको क्लासे मिलेंगी चैनल पे जाओगे तो बहुत सारे वीडियो पड़े हैं उनको आप पढ़िए ठीक है तो मैं इसको यहीं पे बंद करता हूं आप बाद में भी कमेंट करोगे तो हम आपको रिप्लाई